आज मैं आप लोगों को कि मरने के बाद इंसान के कि इंसान कैसा हो जाता है याद रखना देखो साइंस की नज़र में मरने के बाद यानी ठीक 24 घंटे के बाद इंसान की आंतों में ऐसे कीलों का ग्रुप अपने काम पर लग जाता है जो मुर्दे के पाखाने के रास्ते से निकलना शुरू हो जाता है और याद रखना साथ ही नाकाबिले बर्दाश्त बदबू भी फैलना शुरू हो जाती है जो जो कि दरअसल अपने पेशा पेशा को को दावत देते हैं। जो हम पेशा को दावत देते देते हैं, हैं। हम और ये ऐलान होते ही बिच्छू और तमाम कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म की तरफ शिरकत करना हरकत करना शुरू कर देते हैं और इंसान का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं याद रखना मरने के बाद इंसान के जिस्म की सबसे पहली चीज होती है नाक, नाक की हालत बदलना शुरू हो जिसम पर कोई बाल नहीं रहता और पेट फूलना भी शुरू हो जाता है सत्रह दिन के बाद पेट फट जाना शुरू हो जाता है और उससे दूसरी चीजें बाहर आना शुरू हो जाती है इसी तरीके से 60 दिन के बाद जिसमें से सारा गोश्त खत्म हो जाता इंसान के जिस्म पर एक बोटी का टुकड़ा तक नहीं रहता इसी तरीके से 90 दिन के बाद तमाम हड्डियाँ एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाती हैं। फिर इसी तरीके से एक साल के बाद हड्डिया बिल्कुल सीधी की सीधी हो जाती है और आखिरकार जिस इंसान को दफनाया गया था उसका वजूद बिल्कुल खत्म हो जाता है पता ही नहीं लगता कि वो इंसान है इस तरीके से मेरे भाई जरा अपने आप को भी समझे तो मेरे दोस्तों और और लालच, घमंड, दुश्मनी, हसद, जलन, वकार, नाम उहदाशाही पैसा ये सब कहा चला जाता सब कुछ खाक में मिल जाता है इंसान की हैसियत क्या मिट्टी से बना और मिट्टी में दफन होकर मिट्टी हो जाता इंसान की हैसियत क्या मिट्टी में मिट्टी से बना मिट्टी में दफन होकर मिट्टी हो जाता पाँच या छह फीट का इंसान कबर में जाकर बेनामो निशान हो जाता दुनिया में अकड़ कर चलने वाला इंसान अपने आप को ताकत पर समझने वाला इंसान दूसरों को हकीर समझने वाला इंसान दुनिया पर हुकूमत करने वाला इंसान कबर में आते ही उसकी हैसियत सिर्फ दुनौ दुनौ दुनौ दुनौ। मिट्टी रह जाती है लिहाजा मेरे भाई इंसान को अपनी अब्दी और हमेशा हमेशा की जिंदगी को खूबसूरत और पुरसकून बनाने के लिए हर वक्त फिक्र करते रहना चाहिए अल्लाह को, अल्ला को याद करना चाहिए हर नेक अमल और इबादत में इखलास पैदा करना चाहिए तो मैंने भाई इस तरीके से मरने के बाद हम लोगों के हालात हो जाते हैं तो अल्लाह अल्लाह से तुआ करो कि ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तोहफी के दौर पर